कि मांगड़ो तेरी मावड़ी जोगी आया मावड़ी एक मां मैं का हाथ जोड़ने दिए मरी दे भारी कूड़ा देरिए 这个呢 अरे <laughs> <laughs> <laughs> फक्त ओह तो लगने <laughs> ने तो भगवानी के हम सागर तू पार आयो शरण में थारी में थारिए हम सागर तू पार लगा शरण में थारी हम सागर तू पार